कटनी में महिलाओं ने शराब दुकान खोले जाने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया एक खाली प्लॉट पर बनाई जा रही शराब दुकान के लिए रखे गए टपरे को महिलाओं ने पलट दिया रंगनाथनगर थाना में एक प्राइवेट प्लॉट में शराब दुकान खोलने के लिए रखे गए टपरे को इलाके की आक्रोशित महिलाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए पलट दिया महिलाओं ने बताया कि रवि पांडे नामक व्यक्ति के प्लॉट पर शराब दुकान खोलने को लेकर एक टपरा रख दिया गया था जिसकी सूचना इलाके में फैलते ही स्थानीय महिलाएं मौके पर पहुंची और उन्होंने विरोध शुरू कर दिया महिलाओं ने कहा कि शहर के मोहल्ले मोहल्ले क्लिनिक जैसी शराब दुकानें खोली जा रही हैं। इसी तरह मंगल नगर के रहवासी इलाके में भी शराब दुकान खोलने के लिए टपरा रख दिया गया था जिससे पूरे इलाके की महिलाओं में खासा आक्रोश देखने को मिला हम लोग यहाँ पे शराब की दुकान नहीं खोलने देना चाहते क्यूँकी यहाँ ये रहवासी इलाका है यहाँ पे बच्चिया आती जाती है लेडीजें आती जाती है और यहाँ पे यदि शराब की दुकान खुलेगी तो आज दिन हंगामा मचेगा गंदगी फैलेगी गाली गलौज होगा माहौल गंदा होगा